Form more up to date subscribe the channel and press bell icon for next videos notification also like comments and share with your friend thank you guys ladki nahi hai wo jadoo hai yaar ka kya are ladki nahi hai wo jadoo hai yaar ka kya jaye raat ko mere khwa आंखों में मस्ती आए आए अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए एक झलक दिखलाए कभी कभी चल में छुप जाए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए मौजूठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए ओ सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए मौजूठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए रब ने